दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में हम शमशान घाट में तांत्रिकों की साधना की चौंका देने वाली घटना के बारे में बताएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं शमशान साधना आधी रात के बाद का समय जिसमें कहा जाता है कि भूत इस समय में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं घोर अंधकार का समय जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं साधनाएं करते हैं आखिर क्या होता है आधी रात के बाद शमशान में हमारे मन में कई बार यह सवाल आए आपके दिमाग में भी ऐसे ही कई सवाल होंगे तो चलिए इस बार ढूंढे इसी अनसुलझे सवाल का जवाब इन्होंने बताया अघोरी शमशान घाट में तीन तरह से साधना करते हैं शमशान साधना शिव साधना शव साधना शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान कामाख्या पीठ के शमशान त्रियम और उज्जैन के चक्रती के शमशान में होती है शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना जिसमें आम परिवार जनों को भी शामिल किया जा सकता है इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है जानकारी मिलने के बाद हमने एक और अघोरी से संपर्क किया चंद्रपाल नामक यह अघोरी हमें शव साधना दिखाने के लिए तैयार हो गया लेकिन कहा कि जब मेरा शिष्य आपसे कहे तब आप वहां से चले जाना इसके बाद हम उस अघोरी के साथ उज्जैन के शिप्रा किनारे के शमशान घाट गए वहां अघोरी के शिष्य ने एक चिता का प्रबंध कर रखा था दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे